हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2015 में आई एक सिंड्रेला मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें मूवी स्टार्ट होते ही हम एक हैप्पी फैमिली देखते हैं जिसमें एक कपल और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम सिंड्रेला होता है उनका घर एक जंगल के बीचों बीच होता दिन है गुजरते गए और सिंड्रेला की माँ की तबीयत खराब होती ऐसा है। लग रहा था कि उनकी डेथ होने वाली है वो अपनी बेटी को पास बुलाती हैं और कहती हैं कि चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं मैंने जो भी चीज़ें तुम्हें सिखाई हैं तुम उन्हें कभी भी भूलना मत तुम सबका ख्याल रखना और खुद भी खुश रहना कुछ समय बाद ही सिंड्राला की माँ की डेथ हो जाती है सिंड्राला के फादर उसको बहुत खुश रखते हैं वक्त गुजरता गया अब सिंड्राला बड़ी हो चुकी थी सिंड्राला अपने फादर के लिए सब कुछ थी तभी उसके घर पे एक लेडी की एंट्री होती है उसके साथ उसकी दो बेटियाँ भी होती हैं उनकी बेटियाँ सिंड्रेला को बहुत ही ज़्यादा रूढ़ लगती हैं वो अपने फादर के डिसीजन से पहले तो खुश नहीं होती लेकिन बाद में उसको ये बात समझ आती है कि उसके फादर ने बहुत सारा वक्त खाली अकेलेपन में बिताया है फिर वह भी उन सब के साथ एडजस्ट करने लगती है एक दिन सिंड्रेला की स्टेप मदर ने एक पार्टी रखी होती है जिसमें सबने ग्लैमस ड्रेस पहन रखी होती है सिंड्रेला को बहुत ही वह सिंपल लगती है सिंड्रेला के कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि एनिमल्स होते हैं सिंड्रेला को पता चलता है कि उसके फादर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं जाने से पहले वह सिंड्रेला से मिलते हैं और उसे बहुत सारा प्यार कर रहे होते हैं तभी उसकी स्टेप मदर ये सारी चीज़ें देख लेती है और काफ़ी जलस होती है वाह ये सोच रही होती है कि कब वो शहर से बाहर जाएँ और वो सिंड्रेला से अपना बदला ले सकें उसके बाद उसके स्ट्रैला से उसका रूम छीन ले छीन लेती हैं और अपनी दोनों बेटियों को दे देती हैं और उसको स्टोर रूम में रहने को बोलती हैं सिंड्रेला अपने फ्रेंड्स यानी कि एनिमल्स को लेकर वहाँ चली जाती है उसके अंदर ज़रा सा भी ईगो नहीं होता अभी भी उसकी मदर उसका पीछा नहीं छोड़ती और उससे बहुत सारा काम करवाती हैं एक दिन सिंड्राला के घर न्यूज़ आती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है सिंड्राला ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और सोचती है कि अब उसकी स्टेप मदर का बिहेवियर उसके प्रति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा लेकिन उसकी मदर को फ़र्क नहीं पड़ता वो तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं वो उन्होंने शादी तो वैसे भी इसीलिए करी होती है कि उन्हें इतना बड़ा घर मिल सके इतने सारे पैसे मिल सकें जैसे जैसे दिन गुजरते गए सिंड्रेला पर जुल्म बढ़ते जा रहे थे वो सारे नौकरों को निकालकर सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती थी जैसे कि उससे बर्तन धुलवाती थी कपड़े धुलवाती थी और साफ सफाई का भी सारा काम सेंड्रला से ही करवाती थी और बदले में सेंड्राला को फ्रेश खाना भी खाने को नहीं देती थी इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और सर्दी का मौसम आ रहा था सर्द बढ़ती जा रही थी तो संड्राला को स्टोर रूम में ठंड लग रही थी तो उसने सोचा कि वह किचन में ही सोने लगे क्योंकि वहाँ पर एक आग जलती रहती थी जिससे वह आराम से सो सकती थी एक दिन सिंड्रेला अपने घोड़े से जंगल में जाती है तभी उसका घोड़ा अपना आपा खो देता है तभी वहाँ पर एक प्रिंस आता है और दोनों में बातचीत होती है उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है लेकिन सिंड्रेला अपना नाम बिना बताए ही वहाँ से चली जाती है प्रिंस अपने घर पहुँचता है और देखता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि प्रिंस तुम अब शादी कर लो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी सकता तो प्रिंस उनसे प्रॉमिस करता है कि ठीक है वह उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से पहले ही शादी कर लेगा प्रिंस के फादर कहते हैं कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा जाए जिसमें शहर की सारी लड़कियों को बुलाया जाए और उसमें से तुम अपनी ब्राइट को देख लेना प्रिंस कहता है कि ठीक है वो शहर की सारी लड़कियों को बुलाएगा चाहे वो अमीर हों या गरीब प्रिंस तो वैसे भी सिंड्रेला को ढूंढ ही रहा था क्योंकि वह अभी तक वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता तभी प्रिंस के सर्वेंट बाज़ार में जा कर के अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं और ये अनाउंसमेंट सिंड्रेला को सिंड्रेला सुन लेती है बहुत खुश हो जाती है और ये बात जाकर अपनी स्टेप मदर और उनकी दोनों बेटियों को बताती हैं लेकिन उसकी स्टेप मदर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं वो अपनी दोनों बेटियों से कहती हैं कि ठीक है वो इतनी सुंदर और पिटी लगें ताकि प्रिंस का ध्यान सिर्फ उन पर ही हो सिंड्राला अपने रूम में जाती है और एनिमल्स के साथ मिलकर वह एक ड्रेस बनाती है वो जो ड्रेस बना रही होती है वो उसकी मदर की ही होती है बस वो उसको थोड़ा सा स्टिच कर रही होती है जब इवेंट में जाने के लिए उसकी स्टेप मदर और दोनों बहनें तैयार होती हैं तब सिंड्रेला भी वहां पर आती है लेकिन उसकी स्टेप मदर उसको देखती हैं और वो इतनी सुंदर लग रही होती है कि वो जेलेसी के लिए उसका ड्रेस फाड़ देती हैं ये देखकर कि सिंड्रेला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह अपने बगीचे में जाकर बैठ रोने लगती है तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती वो है बूढ़ी औरत अचानक ही एक इतनी सुंदर औरत बन जाती है वो सिंड्रेला को बोलती है कि वो उसके लिए गॉड मदर है वो सिंड्रेला को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए कहती है सिंड्रेला के जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब उनको उसका सिपाही बना देती है और उसके लिए एक बग्घी भी तैयार कर देती है अब अखबारी आती है सिंड्रेला के कपड़ों की वो सिंड्रेला के कपड़ों को आइस ब्लू कलर का करती है और सिंड्रेला की जो सैंडल होती है वो शीशे की बनी होती है यानी कि क्रिस्टल की होती है वो बूढ़ी औरत उस पर एक ऐसा जादू करती है ताकि उसके जो स्टेप मदर हैं और उसकी जो दो बहनें हैं वो उसे पहचान ना सकें इतना होते ही वह उसे भेज देती है इवेंट के लिए और फिर वहाँ पर जाकर के सिंड्रेला वो इवेंट देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे वो सिंड्रेला को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है सिंड्रेला की बहन और उसकी मदर उसको पहचान नहीं पाती हैं क्योंकि उस गॉड मदर ने उसके ऊपर कुछ जादू किया होता है इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाती लेकिन प्रिंस सिंड्रेला को देख कर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है वह वो, वो दोनों साथ में एक डांस भी करते हैं डांस करते करते वो बाहर एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है वहाँ पर एक स्विंग झूला भी होता है और प्रिंस उसे बैठा के झूला रहा होता है तभी सेंड्राला की सैंडल गिर जाती है और प्रिंस उसे अपने हाथों से पहना रहा होता है और उससे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो तुम कहाँ की रहने वाली हो वो उससे ये सारी चीज़ें पूछ ही रहा होता है कि सेंड्राला को याद आता है कि 12 बजने ही वाले हैं अगर वो 12 बजे से पहले अपने घर नहीं पहुंची, तो वापस वो अपने उसी हुए में आ जाएगी जैसे वो पहले हुआ करती थी इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है बिना कुछ कहे प्रिंसें जहाँ जैसे ही वो बाहर जाने लगती है वो वहाँ पे किंग को देखती है किंग को देख के वो उनसे कहती है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है किंग उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि सिंडाला बहुत जल्दी में होती है और वहाँ से चली जाती है तभी वो जैसे ही स्टेयर से उतर रही होती है सिंड्रेला की एक सैंडल गिर जाती है और वो जल्दी जल्दी बग्घी में बैठ जाती है ये देख के प्रिंसेस उसके पीछे भागता है और वो उसको सिंड्रेला की सैंडल मिल जाती है उसके बाद वो अपने सर्वेंट्स को उसके पीछे लगा देता है कहता है कि पता करो ये लड़की कहाँ से आई है सिंड्रैला के सिपाही ये देख लेते हैं कि उसका पीछा प्रिंस के नौकर कर रहे हैं तो वो वह वहाँ सिंड्राला के नौकर शटर गिरा देते हैं और ऐसे ही करते रास्ते में ही बारह बज चुके होते हैं सिंड्रला अपने पूरे पहले के तरीके हो जाती है सिवाय उसके सैंडल बदलने के क्योंकि उसकी एक सैंडल प्रिंस के पास होती है और एक उसके पास होती है वो उसे लेकर घर आ जाती है इधर प्रिंस के पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है वो प्रिंस को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि वो लड़की उन्हें बहुत पसंद है अगर वो चाहे तो उस लड़की को ढूँढ करके उससे शादी कर सकता है इतना कहते ही प्रिंस के फादर की डेथ हो जाती है फिर प्रिंस सोचता है कि वो उसे कैसे ढूंढे तो वो एक अनाउंसमेंट करवाता है कि उसके पास एक सैंडल है अगर वो शहर के किसी भी लड़की के पास उसका दूसरा सैंडल है और उसके पैर में आ जाती है तो वो उससे शादी कर लेगा ये अनाउंसमेंट सिंड्रेला सुन लेती है और वह घर जाकर के अपनी सैंडल निकालती है लेकिन उससे पहले ही उसकी स्टप मदर वो सैंडल वहाँ से गायब कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी शादी सिंड्रैला से हो वो तो अपनी दोनों बेटियों की शादी उससे कराना चाहती है इतना होते ही शहर की सारी लड़कियां वहां पे इकट्ठा हो जाती हैं और बारी बारी से वो शूज़ सबके पैरों में देखा जाता है लेकिन वो जूता किसी के भी पैरों में नहीं आता है यहां तक कि सिंड्रेला की दोनों बहनों के पैरों में भी नहीं आता है सिंड्रेला वहां पे नहीं पहुंच पाती है क्योंकि उसकी मदर ने उसे कमरे में लॉक कर दिया होता है तभी किंग सिंड्रेला के घर पहुंचता है और उसकी मदर से पूछता है कि यहाँ पर कोई और है तो वो बोलती हैं कि नहीं वहाँ उसके यहाँ सिर्फ उसके दो बेटियाँ ही हैं तभी ऊपर के रूम से एक गाने की आवाज़ आ रही होती है जो सिपाही सुन लेता है सिपाही कहता है कि यहाँ पर कोई और भी रहता है आप हमें बता नहीं रही हैं लेकिन वो आ, स्टेप मदर उसकी सिंड्रेला की कहती है कि नहीं यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग रहते हैं इतना बात सुन कर किंग कि कहता है कि आप उस लड़की को बुलाइए और जैसे ही वो लड़की आती है मतलब कि वो सिंड्रेला आती है किंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है सिंड्रेला उसे हाँ भी कह देती है और वो वहाँ से पैलेस जाने लगती है तभी वो अपनी मदर और अपनी सिस्टर से कहती है कि उसने उसे माफ़ किया और वो जा करके प्रिंस शादी कर लेती है और इस तरीके से कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब